अब इधर कर रहा हूँ तो इसी तरफ इधर तो हो रही है ना अबे मेरी तरफ के जादारों में जब दिख रहा है ना ये तो नहीं दिख रहा तो तेरी वो उस सब की बंद है <laughs> एक बैंडर बना के तो फटाफट मेंटल से वाला ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पीला पीला एकदम बिल्कुल नीला कर देगा एक शॉट फोटो और बैकग्राउंड पीला कर देगा नाम तो काम ये वाला है सही है सही है तो काम इसमें ऐसा इस नहीं उसमें ऐसे नहीं रहा पा कैसे है पहले अब पीला थे मुझे बता दो कौन सा पीला रखना है ऐसा कलर और निकाल डाले आने पर구나わかるじゃना देखो इधर आ भीने इधर आ भीने लाइट है 50 के लाने के अच्छा ओटेल आज ये का पता पाया और ये चीज का है ये जनाब चले बोला हूं कि तो फोटो यहां लगेवा दी देंगे ओके तो कैंडिडेट का फोटो ना बदलना है ओटेल में अरे आज इसे वोट लगाओ मैं ये लगाया ताली बजाओ <sharp inhale> का ये और से ओके बाय जी उठता हूं बाय जी रहोगे कोई और सा लाइन में वो तीन दिन बढ़ाऊ तीन दिन के लिए जाएगा Um, सारे दे सब डाउनलोड हो गए होगा बोला था दिन होगा निकल चला कैफे का ही आज मेरे पास कितने साल हो गए कितने सालों से अभी दिन और रात चलता चलता है अब कलर कौन सा लगाओगे कांग्रेस मेरे पबजे के थम्सा को मजा थोड़ा मजा मैंने एकदम जा छोटा की जरूरत है है तो फोटो ना बना दे और पर डाल दो और फोटो सेंड कर दे वाला बस देने से शेयर कर दे अपने ग्रुप में वो भी कह रहा है वहाँ क्या बात है वो फिर उससे भेजा गया तो तो ही गंदी गंदी है। पर वो आ गयी। तकाल समझ लो वो आ गयी। फोटो तो खा रहा हूँ आप भी है। बहुत नहीं खा रहे। तेरे समझे जाओ। फोटो वाले फोट ना लेकिन अभी जितने भी सकता फोटो फोटो लगेंगे ना तो जब मेरा चेहरा नोट आएगा है ना तब बुलवाना कलर बाय जी रखूँगा अभी एक दम एक हाई हाई क्या मारूंगा कि इसकी कोडिंग करते हैं तो तो तो भी और इधर कोई दिक्कत खुद अब क्या फुल कर रहा है में हो जाती। क्या होता है? है। वो है? से निकलती है। वो क्या क्या है है होती है से आता है वो? से? है थी से से वो वो चीज होती आता कौन सी अरे उसमें कहां से आती है <laughs> अगर तो तो कौन जाईयो यार कदम हो गया तो <laughs> <चल> जाईयो <जाएगी? laughs> <ना? laughs> तो ये ऐसे दे दई ना ये ये बाएं बाजू लगा हुआ काय के लगा हुआ है ये वाला दे देना पानी वाला आओ मतलब नहीं था बहुत तो आज रही बात लॉक कर हम और बार-बार बटन दबाते और बंद कर बाबे लगा बराबर के नाम पे यहां पर और बस लॉक ऊपर इसको ले fondada da चैनल की जानी के लिए अभी दो दो <laughs> अरे मैं देखे तो पड़े हुए हैं दो मिनट <coughs> है न? YouTube जो है सब कुछ को समझे अगर ऐसीमा से निकलेंगे सब चीज़ पहले इसमें से इसमें कार्ड लगा हो वही वो अरे ये वाला मत लो इससे बढ़िया दिखा मेरे को भी मुझे बता देगा <laughs> <laughs> क्या है इसका क्या है इसका जब ये बंदा मैंने बैट की तोड़ देना सबके पास नहीं हो गया अब बात नहीं, नहीं तो तो तो तो को ना बात हाथ दिखाई देना इसको दावदा ट्रेलर पर है किन हो रहा है और बन गया अब ये वीडियो बिना अपने टेस्ट में अपलोड करना है लगा चलाऊंगा बैनर पर वीडियो बनाने पड़ेंगे अटैक वो तो क्या जिसे करेंगे तो कर लेंगे डायरेक्टली ओटीए लेक्स तो नहीं ना ये मैं देखो पहले नहीं तो फिर औरया अबे काटने का वाद हो जाता है ना। हाँ। दिखाता नहीं है ना इसमें लोकल चीज़ें। अरे इससे बढ़िया दिखा रहा हूँ तुम इस पे बोलोगे। बैठो। इधर भी जाएगा। तू तो नहीं चलाएगा कभी वो। ये तो नहीं। क्या क्या करेगा? क्या ये देने हैं? वो ये जो चीज़ें तेरा मेरे सोना है। भक्त से ना तो मजाक मजाक हो तो ऊँध भी कटके जाए है जाए दात मिल सकता है देखे <shr lei> <commen witch harmony> <builders> तो कंपलीट नहीं है तो कंपलीट करते हैं। नहीं करने वाले। क्या नहीं करने वाले? क्या है? एफ एस। हाँ। YouTube सब्सक्राइबर आप ये डालोगे ये ये लगने के बाद में इसमें इसमें कुछ लिख सकते हैं देखते है, हैं भी नहीं तो क्योंकि ये मेरा बहुत YouTube का बहुत बड़ा ये नहीं पता को ये कोई मुकाबला नहीं है है है <था देखेंगें> <laughs> अब लायक का कर लो कितने सारे अपो वाला बोलो। टाइम तुझे मतंतर्श मिनट ताके जली। ये होगा हमारा चल जाओ। अरे चल जाता हूँ। होगया? दो दोस्त चल दो। वो जगह वो जगह कुंडल कुंडल पता है वो कुंडल का। कुंडल का ये। अरे जल्दी मारूंगा। हाँ फिर। सारी चीजें दीवाली करते भी हां हां ये वाली मैंने पता नहीं बनाया ये तो ती तो इंटर पर दे दिया और इसके ऊपर जो आ रहे मेरे पास ये तो बहुत ही जब उठाना दस दस मिले टिकटॉक भी चल होगा तुम्हारा दिखा दिया तो पता है तो तो जो वाले है ना वो वाले थे वो बात है ना वो जब से डॉक्टर है वो कभी हो रहा नहीं रहा करते क्या बात है ये तो ऐसा तो तो <laughs> नहीं बोल सकता जा गाइस यू आर नहीं यू वाला इमोटीक करना फील मेरी लीक टूट गई कोई समस्या नहीं। इन्वेस्टर खराब न हो, दोनों तक अटॉर्केट के लिए बना रहा हूँ मुसाइल भी बिल्कुल अलग है, तो क्या बोलूँ? आपका लोगों का तो लोग ये, हम्म, है है, खबार को पढ़ते हुए और पापा ओके अह टाइम पे कस्टमर आना कंप्लीट है ये डालो भाई गल तो मिल गया दीदी सब कर